दर्शकों, नमस्कार, स्वागत है आपका भाग के इस कार्यक्रम में शनिदेव की स्तुति करते हुए और 27 अप्रैल का राशिफल कैसा होगा इस पर हम प्रकाश डालते हैं तो नीलांबुजम समाभाशम रविपुत्रम यमा वचम छाया मातंग सम्भुतम तम नमामि शनिश्चरम तो भगवान शनिदेव के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं और हमारा यहाँ लाइव राशिफल चल रहा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग नंबर देख सकते हैं इस नंबर पर आप लोग हमको फोन करके और अपनी जन्म कुंडली पर कोई एक प्रश्न आप लोग पूछ सकते हैं और जो नंबर है छियानबे नाइन सिक्स टू वन डबल जीरो एट टू जीरो वन इस नंबर पर आप लोग कॉल कर सकते हैं और तमाम दर्शक देखिए हमारे जुड़ भी गए हैं आगे बढ़े दर्शकों उससे पहले बताना चाहेंगे कि अट्ठारह से और तेईस मई अट्ठारह से तेईस मई गुजरात अहमदाबाद आ रहे हैं तो जो भी दर्शक गुजरात के हैं आप लोग आ के मिल सकते हैं चलिए दर्शकों अधिक समय ना लेते हुए पंचांग पर भी दृष्टि आधार जन्म राशि न चिंतित विवाहे सर्व मांगल्य यात्रायाम ग्रह गोचर जन्म राशि प्रधानम नाम राशि न चिंतित तो हमारा शास्त्र भी ये कहता है की जन्म राशि की ही प्रधानता देनी चाहिए चाहिए नाम राशि की चिंता भी नहीं करनी चाहिए तो आठ सत्ताईस अप्रैल 2019 दिन रहेगा शनिवार भगवान शनिदेव का दिन रहेगा विक्रम संबत् 2000 जो है 76 है परिधावी नामक संवत्सर है सख संबत्त उन्नीस है बिकारी नामक संवत्सर है और उत्तरायण है ग्रीष्म ऋतु है बैसाख मास है कृष्ण पक्ष है जो तिथि रहेगी अष्टमी है इसके उपरांत नौमी तिथि रहेगी अष्टमी को हमने आपको पहले भी बताया था दर्शकों की नारियल का यदि आप फल खाते हैं तो आपके बुद्धि का कहीं ना कहीं क्षरण होगा ये ब्रह्मा वैव पुराण में लिखा हुआ है स्पष्ट लिखा हुआ है किस खंड में है तो सत्ताईसवे खंड में आप लोग जा करके इसको देख सकते हैं गूगल कर सकते हैं और अष्टमी के दिन देखिए दर्शकों की तिल का तेल भी नहीं खाना चाहिए और न तिल का तेल किसी प्रकार से लगाना चाहिए तो ये उपाय जो है ये सभी के लिए है मेज से लेकर के मीन के लिए कि अष्टमी को बस नारियल आप लोग मत खाइएगा और नक्षत्र रहेगा श्रवण नक्षत्र रहेगा और इसके उपरांत धनिष्ठा नक्षत्र रहेगा योग रहेगा शुभ इसके उपरांत राहु काल के का यदि तो का रहेगा सत्ता सूर्योदय सूर्यास्त होगा शाम होगा को छह बजकर सत्तावन मिनट पर और आज के यदि हम शुभ समय की बात करें आप लोगों को यदि कोई कार्य करना हो तो इस मुहूर्त में करिएगा आप लोग जो है ग्यारह बजकर सत्ताईस मिनट से बारह तीन मिनट के मध्य अपने सारे शुभ कार्यों को आप लोग निपटा सकते हैं दिशा की बात करें तो आज का जो दिशा रहता है शनिवार के दिन तो पूर्व दिशा की ओर आज यात्रा बिल्कुल भी जो है नहीं करना है यदि कोई आवश्यक हो गया, तो आप लोग अदरक घी खा करके यात्रा कर सकते हैं और पूरब से विपरीत दिशा अर्थात पश्चिम दिशा में आप पांच कदम पहले चले फिर पूर्व दिशा की ओर चाहे इस चीज को देखिए आपको विशेष सावधानी यहाँ पर रखने की सितारे सलाह दे रहे हैं चलिए दर्शकों आगे बढ़ते हैं हमारा जो राशी में पहली राशि आती आती एरिस मेष राशि मेष राशि के जातकों आज आपके पास अपने निकट और प्रिय लोगों के साथ अपनी आप लोग कोई दुविधा अपनी मानसिकता साझा करते हुए नजर आएंगे व्यवसायिक गतिविधियों में आज काफी प्रगति होती हुई नजर आ रही है मेष राशि के जातकों को जो लोग प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं वो लोग आज बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे जो मेष राशि के जातक हैं किसी महत्वपूर्ण मामले को लेकर के भी आज आपको कोई गुड न्यूज मिलती हुई दिख रही है मकान या दुकान पर धन लाभ के उत्तम योग बन रहे हैं नौकरी में प्रमोशन या वेतन वृद्धि की कोशिशों में आप आज कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और है तो अधिक अधिक संतुलित हो सकता है और जल्दबाजी आज आपके लिए हानिकारक होगी तो जल्दबाजी में कोई काम मत करिएगा का। क्या करना है आपको मेष राशि के जो हमारे जातक है तो मेष राशि के जातको आज आप लोग देखिए पहली बात तो साफ धुले हुए कपड़े पहनिएगा बिल्कुल स्वच्छ अपने वस्त्रों को रखिएगा और दूसरा पीपल के के वृक्ष नीचे आज आपको जलर करना रहेगा। आपके यदि हम शुभ कलर की बात करें तो आज आपका जो शुभ कलर रहेगा ये रहेगा येलो शुभ अंक रहेगा आठ हमारी अगली राशि जो आती है वृषभ राशि आती है कैसा रहेगा आज का दिन तो जो लोग बिजनेस करते हैं वृषभ राशि के जातक तो आज आपको कोई ना कोई बहुत अच्छा सौदा आपके हाथ में मिलता हुआ दिख रहा है वर्क प्लेस पर आज आपके माहौल सुधरता हुआ नजर आएगा करियर में कुछ नए मौके मिलेंगे नौकरी यदि आप बदलते हैं तो आपके फेवर में साबित होता हुआ नजर आएगा रूटीन में आज अच्छा खासा बदलाव होगा छोटे पैमाने पर कोई नया काम शुरू करने के लिए आज का समय अच्छा है लव लाइफ आज आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है कोई पुराने टेंशन और बात विवाद खत्म होते हुए देखिए लव लाइफ में नजर आएंगे आज अपने खर्चों पर और अपनी पर पर आपको सितारे हाँ नियंत्रण रखने की जो है सलाह दे रहे हैं भावनात्मक है का है देने है से, पैसा उधार लेने से आज, आज आपको बचना रहेगा उपाय के तौर पर एक प्रयोग हम आपको और बता देते हैं आप लोगों को करना क्या रहेगा देखिए आज आज प्रातः काल दशरथ के शनि स्त्रोत का पाठ करिए आप पूछिए क्यों क्योंकि तो जो वृषभ राशि इस पर शनि की ढैया चल रही है दूसरा बैंगन से बनी हुई सब्जी यदि किसी आप गरीब को खिला सकते हैं तो सो फॉर सो गुट रहेगा आपके शुभ कलर की बात करें तो पर्पल कलर शुभ रहेगा शुभ अंक की बात करें तो सात अंक आज, आज आपका सर्वथा शुभ अंक रहेगा चलिए दर्शकों हमारी अगली राशि आती है मिथुन राशि लेकिन उससे पहले एक फोन कॉलर ले लेते हैं हलो नमस्कार गुरुजी। गुरुजी गुरुजी नमस्ते जी। जी मैं मैं लखनऊ से बोल रही बताइए। आपको क्या कहते हैं अपने हस्बैंड की दिखाना चाहती तो आप आकर आप... के मिल सकती हैं। बाकी अभी कुछ पूछना है आपको हाँ, जी, अभी थोड़ा सा पूछना था आपको डेट ऑफ बर्थ है साढ़े आठ एम जी लखनऊ जी दोनों पति पत्नी के संबंध थोड़ा बहुत दिक्कत चल रही है आपने होते में और केस आ गई आप पहले बात कर चुकी हमको लगता है हाँ, बात कर हमने तो आपको कुछ हमने आपको कुछ प्रयोग बताए थे करने के लिए मैंने वो उपाय किए है आपने मेरी कुंडली में बताया दिक्कत नहीं है आपके हेल्पेंड की हाँ इनकी तरफ से दिक्कत दिख रही है तो यही पूछना था कि इनकी क्या है हमने जो उपाय बताए हैं उससे कुछ थोड़ा बहुत आपको रिलीफ मिल रहा है आ, मुझे तो मिल रहा है मानसिक तौर ऐसी काफी मतलब, मतलब शांति महसूस हो रही है और जो मेरे काम करियर ऐसी अच्छे तो इनकी कुंडली हमने देखा है हम उपाय बताएंगे तो इन्ही को करने होंगे आप कहा कर पाएंगे गुरु जी बताइए कोर्ट केस चलना स्टार्ट हो गया है तो इसमें क्या मतलब क्या अलगाव की स्थिति होती हुई दिख रही है किसके पक्ष में मतलब है। आपके पक्ष में आएगा गॉड आपके पक्ष में आएगा इनके पक्ष में नहीं आएगा इनका किसी और जो है और के साथ हो सकता है अफेयर भी हो आप पता करवाइएगा। हाँ, पता है जी हम कुछ चीजें खुल के ओपन नहीं बोलते हैं चैनल आरोप रहो मुझे कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि जिससे वो ये बात करने की कोशिश कर रहे थे वो लड़की मुझसे बात करती है, सारी चीजें बताई, तो करके परेशान है वो मुझसे कह रही है मेरा भी सपोर्ट कर ली ताकि मैं इनकी तरफ यादों को दो दुनिया से सामने ला सकू इनके तो ये गलत है और आपके पक्ष में फैसला है ये इतना जो गलत कर रहे हैं ना इनको शनि छोड़ेंगे नहीं कहीं का ये भी बताते दे हम thank God, thank God, कारागार कारागार जाने के योग भी है मेरी शादी है और सारे कारण रहे में अपने घर मतलब मैंने नहीं नहीं हमने जो प्रयोग आपको बताए हैं वो आप प्रयोग करिए उसमें कोई भी जो है मतलब प्रयोग छोड़िएगा नहीं आपको अपने आप ही जो है रास्ते मिलने लगेंगे ठीक है जी ठीक है जी राम राम मिथुन राशि की ओर चलते हैं कैसा रहेगा मिथुन राशि के जात को आज का दिन और आज का दिन जो रहेगा मिथुन राशि के जातकों आज बहुत अच्छा आप काम करेंगे बहुत अच्छा काम करेंगे इतनी एनर्जी से आप लोग लबारेज रहेंगे आज की कोई भी यदि आपको टास्क मिलता है तो आप लोग उसको निपटाते हुए नजर आएंगे आज आप अपना ज्ञान और अपना कॉन्ट्रैक्ट का जो दायरा है ये बढ़ाते हुए नजर आएंगे अगर आप कहीं से कोई कर्ज लेना चाहते हैं कोई लोन लेना चाहते हैं कोई ऋण लेना चाहते हैं तो वो उसमें आज आपको मंजूरी मिल सकती है और आज आपको वाहन सावधानी पूर्वक चलाना जो है चाहिए सेहत में कुछ उतार चढ़ाव होता हुआ दिख रहा है आज कोई फैसला सोच समझ कर लीजिएगा चंद्रमा की स्थिति देखिए कुंडली में आज आपके ठीक नहीं है तो मानसिक तौर पर आप परेशान हो सकते हैं कोई अज्ञात भय मिथुन राशि के जातकों को सता सकता है करना क्या रहेगा देखिए एक कोई पीली मिठाई लीजिएगा और उसको पीपल के पेड़ के नीचे चुपचाप रखाइएगा और लौट के घर चले आइएगा हाथ पैर बाहर धुल के तब एंट्री करिएगा घर में दूसरा ओम नमो भगवते वासुदेवा इस मंत्र की एक माला का आप लोग जाप कर लेंगे तो फिर कहने ही क्या शुभ कलर की आपके हम बात करें तो आपके लिए आज का जो शुभ कलर रहेगा वाइट शुभ अंक रहेगा तीन कर्क राशि की ओर चलते हैं कैसा रहेगा कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन तो दिन अच्छा रहेगा उच्च अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होता हुआ नजर आएगा जो भी चीजें आपने ऑफिस में प्लान कर रखी हैं और उसमें अभी तक कोई दिक्कत आ रही है तो आज आपको ऑफिस के कर्मचारियों का और अधिकारियों का सहयोग मिलता हुआ नजर आएगा कोई जरूरी जानकारी आज आपको मिलती हुई नजर आएगी और आज आपको धैर्य और एकाग्रता बनाए रखनी होगी आज छोटी मोटी बातें आज आप दिल पर ले सकते हैं साथ काम करने वाले आज लोगों से भी आपको मदद मिलती हुई नजर आएगी और प्रेमी और जीवन साथी की इमेज का आज आपको खासा ध्यान रखना पड़ेगा कुछ लोग आपके विचारों से या आपके कामकाज से भी संतुष्ट नहीं हो सकते हैं तो आपको सबको साथ लेकर के चलना होगा तो करना क्या रहेगा देखिए आज आप घर के बाहर एक Uh, सरसों के तेल का दीपक जला करके रख दीजिएगा पहली चीज दूसरा प्रयोग यह करिएगा कि शिव मंदिर जाइएगा और शंकर जी पर तिल का तेल चढ़ाइएगा ये दो प्रयोग करिएगा आपके शुभ कलर की यदि हम बात करें तो पिंक कलर आज आपके लिए शुभ रहेगा शुभ अंक की बात करें तो सात अंक आपके लिए शुभ रहेगा चलिए दर्शकों बढ़ते हैं सिंह राशि की और कैसा रहेगा सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन तो आज आपका व्यवहार और स्वभाव कुछ लोगों को आकर्षित कर सकता है पुराने आज आपके दोस्त और व्यवहार आपसे मिलते हुए नजर आएंगे आज आप किसी प्रोजेक्ट पर जरूरत से ज्यादा ध्यान देते हुए नजर आ रहे हैं और वो प्रोजेक्ट भी आपका पूरा होता हुआ नजर आएगा नए लक्ष्य निर्धारित करने होंगे कोई बुजुर्ग या अधिकारी आज, आज आपसे कुछ हेल्प मांगता हुआ नजर आएगा और आपको हेल्प करनी भी चाहिए दूसरों की मदद करने में किसी भी प्रकार का संकोच ना करें तो बेहतर रहेगा निगेटिव पे आ जाते हैं कि आज आपके लिए नकारात्मक क्या रहेगा तो नकारात्मक यही रहेगा कि आज शत्रु आप पर हावी रहेंगे हड़बड़ी में आपको कोई कदम नहीं उठाना है और व्यस्तता वाला दिन रहेगा दिन की शुरुआत थोड़ी होती हुई सिंह राशि शुभ कलर रहेगा येगा रेड कलर शुभ अंक रहेगा दो चलते हैं कन्या राशि की ओर कैसा रहेगा कन्या राशि के जातकों तो के लिए आज का दिन तो कन्या राशि के जातकों आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है और मेहनत का पूरा फल आपको मिलेगा आमदनी बढ़ाने के तमाम मौके आपके सामने आएंगे पैसों के मामले में व्यवहारिक रहेंगे तो ठीक रहेगा चंद्रमा की अच्छी स्थिति से आज आपकी प्लानिंग सफल होती हुई नजर आएगी बिजनेस में आपको फायदा होता हुआ दिख रहा है और नए लोगों से मुलाकात और बातचीत होगी आपकी बातों से आज आपके उच्चाधिकारी आपके आसपास के लोग आपके साथ काम करने वाले लोग बहुत प्रभावित होते हुए नजर आएंगे लेकिन इसके साथ साथ आज पैसों के मामलों में कोई मामला आपका उलझ सकता है उसको सुलझाने में आपको काफी समय लगेगा काम ज्यादा होने के कारण आज आप खुद को बंधा हुआ महसूस करेंगे वाहन का उपयोग सावधानी पूर्वक आप करिएगा उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा कन्या राशि के जातकों को तो कन्या राशि के जातकों आज मंदिर में या किसी है धार्मिक स्थान पर आप कोशिश कीजिएगा कि आप लोग ब्लैक कलर के कपड़ों का दान करिए दूसरा एक प्रयोग और बता रहे हैं कि आज आप लोग लो पर शनि की ढैया भी देखिए चल रही है दर्शकों शुभ कलर बता देते हैं कन्या राशि के जातकों का शुभ कलर रहेगा ग्रीन शुभ अंक रहेगा तीन एक फोन कॉल लेते हैं तब राशि पर चलते हैं हेलो हेलो हेलो हेलो हाँ जी बोलिए सुन रहे हैं hmm. देखिए दर्शकों आप लोग प्लीज जब फोन करते हैं तो हेलो हाँ जी, Hello, जी नमस्ते। हाँ नमस्ते मैं बोल रहा हूं। मैं हाँ जी बताइए मेरा के है। और समझ बहुत का हाँ जी चमड़ो से रिलेटेड कोई कारोबार कर रहे हैं क्या हाँ तो ये भी एक प्रकार से लेदर चमड़ा ही तो हुआ हाँ तो वही हम बोल रहे हैं ना क्या हुआ इसमें राहु की महादशा चल रही है काफी कॉम्प्लीकेटेड आपका मामला है पत्नी के साथ भी आपके संबंध अच्छे नहीं है और परिवार में भी देखिए मतलब कुछ जो क्रेडिट मिलना जो क्रेडिट भी आपको नहीं मिल रहा दूसरा आपका पैसा भी कहीं जगह डंप होता हुआ हमें दिख रहा है कैसे होता है तो तो ये पहले ठीक भाई साहब ये ग्रह है ठीक है जी अभिमन्यु आपने अभिमन्यु का नाम सुना होगा अभिमन्यु के मामा भगवान कृष्ण थे साक्षात जो है नारायण के अवतार थे और अभिमन्यु के पिता अर्जुन जो बहुत बड़े धनुर्धर थे उनके आगे कोई टिक नहीं पाता था लेकिन जब मृत्यु हुई ना तो ना कृष्ण भगवान काम आए अर्जुन काम आए तो हो बुरा समय है इसको आप आप ही को व्यतीत करना है हम बस आपकी कुछ थोड़ा बहुत हाथ में तलवार उलवार पकड़ा सकते हैं कि भाई आप मुकाबला करो लड़ो पीछे से पुशअप कर सकते हैं लड़ना आप ही को पड़ेगा सबसे पहले तो कल शनिवार दिन है शनिवार प्रत्येक शनिवार को शाम के समय जल में थोड़ा सा गुड़ डाल के आप पीपल के पौधे पर चढ़ाना स्टार्ट कर दीजिए ठीक है जल नहीं, जल नहीं। हाँ नहीं। हाँ जी दूसरा आप एक प्रयोग और करिए कि राहुल और केतु के स्त्रोत का डेली पाठ करिए और अच्छा। हो सके तो गुजरात हम आ रहे हैं ये 18 से 23 के मध्य अच्छा। तो गुजरात आकर के आप अहमदाबाद आ रहे हैं यहाँ पर आकर के आप मिल सकते हैं अच्छा। ठीक है जीड जी, है भाई साहब अभी तो स्टार्ट हुआ है आपका डेढ़ वर्ष का पूरा पीरियड अच्छा। आपका गड़बड़ है पूरा डेढ़ वर्ष का पीरियड आपका जो है मतलब खराब है जी ठीक है जी चलिए दर्शकों कहां पर थे देखिए हम भी भूल जाते हैं कन्या के बाद शायद तुला राशि पर आनी थी हमको और तुला राशि के जातकों नौकरी और बिजनेस में आज कामकाज देखिए बहुत ज़्यादा रहेगा आ, कोई नया काम आज आप शुरू करते हुए नजर आएंगे व्यापारी वर्ग के लिए बहुत अच्छा दिन है जो लोग लोहे से रिलेटेड काम करते हैं और तुला राशि के जातक हैं उनके लिए आज का दिन बहुत अच्छा रहने वाला है संचार से जुड़ा हुआ कोई उपकरण आज, आज आप परचेस करते हुए नजर आएंगे रोमांस के लिहाज से दिन ठीक है जीवन साथी के साथ घूमने फिरने बाहर जाएंगे और क्या चाहिए और आज बाहरी लोगों की आपको हेल्प मिलती हुई नजर आएगी मदद मिलती हुई नजर आएगी कुछ नेगेटिव निगेटिव चीजें बता देते हैं देखिए खर्चों में आपको बहुत ज्यादा संभाल के रखना है अपने हाथ बांध के आपको रखने हैं क्योंकि आज बहुत ज्यादा आप अति कर सकते हैं पैसे खर्च करने के मामले में कुछ बेचैनी आप में रहेगी कुछ परेशान रहेंगे हो सकता है खर्च अत्यधिक हो इसके कारण आपका बजट कुछ असंतुलित होता हुआ देखे वही अज्ञात भय आज आपको सताएगा क्या करना है आपको देखिए आज कोशिश कीजिए कि आप लोग जो है शनि मंदिर जाइए और शनिदेव के आप लोग जरूर दर्शन करिए पीपल के वृक्ष के नीचे एक तिल का दीपक जला करके चले जाना है आपको शुभ कलर की बात करें तो आपके लिए आज जो है वाइट कलर शुभ रहेगा शुभ अंक की बात करें तो सात अंक सर्वथा शुभ रहेगा चलिए वृश्चिक राशि की ओर चलते हैं कैसा रहेगा वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन तो वृश्चिक राश के जातकों आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा रुका हुआ पैसा आपको मिलने की संभावना है आज ज्यादातर मामलों में आप भाग्यशाली साबित होते हुए नजर आएंगे आपके जीवन में कोई बहुत बड़ा आज बदलाव का दिन लेकर के आया है लेकिन आज वाहन सावधानीपूर्वक चलाना है भाइयों से बात विवाद हो सकता है परिवार में बात विवाद हो सकता है आपको और मत भी भी मत तो ठीक रहेगा और आज कोई चोट चपेट आपको देखिए लगेगी ही लगेगी इससे बचना रहेगा तो उपाय क्या करना रहेगा देखिए आज आप लोग अपनी नाभी पर घी जरूर लगाइए पहला उपाय दूसरा प्रयोग बताना चाहेंगे सन्नी की साढ़े साथी का अंतिम चरण है तो पीपल के वृक्ष के नीचे आप लोग जाइए आज दूध चढ़ाइए और शाम के समय दूध चढ़ाइएगा और एक तिल के तेल का दीपक चौमुखी दीपक आपको जला करके रखना रहेगा शुभ कलर की बात करें तो आज आपके लिए पर्पल पर कल, कलर शुभ रहेगा शुभ अंक की बात करें तो सात अंक आपका देखिए शुभ रहेगा चलिए धनुराशि की ओर बढ़ते हैं लेकिन कुछ कमेंट पढ़ लेते हैं देखिये सरयू जी हैं पूनम कुमारी जी हैं और स्नेहा यादव जी हैं रोहन है, रोहन देहरादून से नमस्कार की मोहित जी है, मोना वर्मा जी हैं और परमित श्रीवास्तव जी हैं परमित श्रीवास्तव जी शायद परमित जी शायद आपकी जॉब लग गई है कि नहीं लगी है क्योंकि आप बताइएगा शायद हमने आपको कुछ जो है शिवम जी बता रहे थे एक दिन कि आप मिले थे उनसे कहीं पर तो आप बता रहे थे कि नहीं जॉब लगी है तो परमित जी आप कमेंट करके बताइएगा शंकी ठाकुर जी नमस्कार जी और जयप्रकाश मिश्रा जी राम राम जी देखिए सभी हमारे जो है सम्मानित दर्शक जुड़ गए हैं आप लोग सब्सक्राइब करिए और इकतालीस लोग हैं इकतालीस लोग में से 20 लोग तो फेसबुक पेज जरूर चलाते होंगे तो आप लोग अभी जाइए एस्ट्रो विद आशीष पेज है उसको जाकर फटाफट लाइक करिए और उसके जो पोस्ट है ना उसको आप लोग शेयर करते रहिए उस पेज को भी आप आगे बढ़ाइए तो धनुराश के जात को कोई पुराना पैसा यदि आपने किसी को दिया हुआ है तो आज आपको मिलता हुआ नजर आएगा और नए लोगों से संपर्क हो सकता है कैरियर में नई संभावनाएं आज आपको मिलती हुई नजर आएगी कार्य क्षेत्र में उन्नति के योग बन रहे हैं कोई नई योजना बनाने का दिन है और इस योजना पर आज आप जो काम करेंगे इंप्लीमेंट करेंगे अच्छा रहेगा कामकाज के लिहाज से दिन आज ठीक रहेगा और देखिए गुस्से से आज, आज आपको बच के रखना है और कोशिश जो है करिए कि आज नीम की जो दत्वन है इसको आपको करना रहेगा और दूसरा एक प्रयोग ये करना रहेगा कि पीपल के वृक्ष के नीचे आज, आज आपको जल चढ़ाना रहेगा और शाम को एक तिल का तेल का या सरसों के तेल का दीपक चलाना रहेगा क्योंकि देखिए धनु राशि के जातकों शनि के साथ ही साढ़े का मध्य चरण आपके ऊपर चल रहा है शुभ कलर की आपके बात कर लेते हैं तो आपके लिए आज का जो शुभ कलर रहेगा ये रहेगा स्काई ब्लू शुभ अंग रहेगा पाँच कैप्रिकॉन मकर राशि लेकिन उससे पहले एक फोन कॉल ले लेते हैं हेलो हेलो सर सर आनंद कुमार जी जी जी और डेट ऑफ बर्थ मई टाइम है है से मिनट सुबह का प्लेस नौकरी अच्छा रहेगा या सर के चांस यादेश में अभी तो विदेश यात्रा का कोई योग ही नहीं है।, तो तो है सरकारी नौकरी का चांस है सरकारी नौकरी आपको मिल सकती है तो आप प्रयास करिए विदेश जाने का अभी योग नहीं आगे है तो कब, कब से है कब, है कब से? है? वो, बता रहे हैं वो भी दो हजार छब्बीस के बाद जाने का योग है 26 के बाद जी अब सर सर एक से बहुत परेशान हैं हैं क्वेश्चन क्वेश्चन का का जवाब देते सारे अगर कराना हो तो आप जो है कुंडली विश्लेषण अपनी करवा लीजिए मकर राशि के जातकों कैसा रहेगा आज का दिन तो ऑफिस में आज अधिकारियों से आपके संबंध अच्छे रहेंगे सुख सुविधा की कोई वस्तु खरीदने का आज आपका मन बनेगा धन लाभ के योग बन रहे हैं कुछ ऐसी बातें आपके सामने आ सकती हैं जिनमें आगे बढ़ने के तमाम मौके मिलेंगे आज आपका खर्च कम होता हुआ नजर आएगा और आज आप जो भी करेंगे विचार कर लीजिएगा कोई मेजर फैसला आज, आज, आज, आज आपको नहीं लेना रहेगा आंखों से रिलेटेड कुछ बिकार आता हुआ दिख रहा है कोई कंफ्यूजन की स्थिति भी बढ़ेगी और सेहत पर आज आपको अपने ध्यान देना रहेगा करना क्या रहेगा आज मकर राशि के जात मकर राशि के जात आज गाय को आपको गुड़ और अदरक ये दोनों चीजें खिलानी रहेगी और शुभ कलर की आपके बात कर लेते हैं तो आज आपके लिए व्हाइट कलर शुभ रहेगा शुभ अंक रहेगा अंक चार बढ़ते हमारी अगली राशि आती है कुंभ कुंभ राशि कैसा रहेगा आज का दिन कुंभ राशि के जातकों के लिए तो कुंभ राशि के जातकों देखिए ये जो आज का दिन रहेगा ये आत्मविश्वास वाला आपके लिए रहेगा बातचीत के द्वारा आज आप लोगों पर अपने प्रभाव छोड़ते हुए नजर आएंगे उच्चाधिकारियों से आज, आज आपको सहयोग प्राप्त होगा जिन किसी की नौकरी नहीं लगी और कुंभ राशि अविवाहित प्रस्ताव मिलने का भी दिन है कामकाज के बजाय आज काम के तरीकों पर खास ध्यान देना बेहद जरूरी है पैसों से जुड़े कोई महत्वपूर्ण काम आज आप निपटा सकते हैं बस बसरते अपनी वाड़ी पर आज आपको संयम रखने की सितारे सलाह दे रहे हैं और आने वाले दिनों में कुछ अशुभ घटना हो सकती है तो पहले से तैयार रखिएगा करना क्या रहेगा आज नमक का सेवन बिल्कुल भी मत करिएगा आपके इवन ब्लड के अंदर नमक जाना ही नहीं चाहिए आज के दिन तो ये आप लोग करिए दूसरा आपको करना ही रहेगा गाय को आज आपको हरा चारा खिलाना रहेगा दो प्रयोग करिए दोनों प्रयोग आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा आपको जो मर्जी हो खाइए आप दाल चावल रोटी सब्जी खाइए उससे हमको कोई मनाही नहीं है लेकिन नमक बिल्कुल भी नहीं खाना है आपके ब्लड में नमक घुलना नहीं चाहिए हमारे प्रयोग बहुत अलग रहते हैं देखिए शुभ कलर की बात कर लेते हैं तो पर्पल -पर कलर आपका शुभ रहेगा शुभ अंक की बात करते हैं तो नौ नंबर आपका शुभ रहेगा अंतिम राशि पर आगे बढ़े और देखिए आपसे परमित श्रीवास्तव जी कमेंट कर रहे हैं आपसे जल्दी ही आशीर्वाद लेने आना है आपके मार्गदर्शन से मुझे जॉब मिल गई अरे परमित श्रीवास्तव जी हमारा कोई मार्गदर्शन नहीं है ये जो ऊपर बैठे हैं ना श्री हरि विष्णु भगवान ये सब उन्हीं की देन है हम एक माध्यम हैं हम अपने आप को माध्यम मानते हैं इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है और परमित के बाद जो है देखिए मोहित नागपाल जी और संखी ठाकुर जी और ये चाइनीस से हेलो इंडिया दिस इज़ व्हाट फॉर्मेट ओके आई थिंक जो है ये देखिए कोई चाइना से हमारे चाइना में भी तमाम हमारे जो है क्या कहते हैं जानने वाले लोग हैं और चाइनीज़ लोग चाइनीज़ लोग एस्ट्रोलॉजी को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं और चाइनीज से भी ज़्यादा जो है मुस्लिम्स आप लोगों को आश्चर्य लगता होगा लेकिन अरब से हमारे पास और यू से यहाँ से बहुत ज़्यादा फ़ोन कॉल आते हैं पाकिस्तान का तो हम फोन ही नहीं लेते तमाम जो है मतलब फोन पाकिस्तान से आते हैं तो उनका कोई जो है मतलब फ़ोन हम जो है नहीं उठाते हैं आई एम कोरिया नॉर्थ चाइनीज आई एम कोरिया नॉर्थ चाइनीज ओके कोरिया साउथ कोरिया तो चलिए तमाम लोग जुड़ जाते हैं देश विदेश से यही तो एक प्रसिद्धि और क्या चाहिए बस मन को संतोष है चलिए मीन राशि की ओर चलते हैं मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा तो आज धार्मिक यात्राओं के योग के जातकों के बन रहे हैं किसी खास काम को लेकर कोई अच्छी प्लानिंग पर आज आप कार्य करते हुए नजर आएंगे और आज आपकी योजना के अनुसार आपके काम पूरे हो सकते हैं किसी से कुछ सीखना पड़े तो संकोच मत करिएगा पुराने दोस्त आज आपका उत्साह बढ़ा सकते हैं आज आप अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा अन्यथा बहुत कुछ आपके साथ दिक्कत हो सकती है और खर्चों पर नियंत्रण रखिएगा माता और जीवन साथी से कुछ बात विवाद हो सकती है कुछ टेंशन आपको हो सकती है जोश में आकर के होश नहीं खोना है थोड़ी सी लापरवाही आज आपको परेशान करेगी वाहन सावधानी पूर्वक चलाइएगा करना क्या है पूरा या उत्तर दिशा की ओर पैर करके आज बिल्कुल भी नहीं सोना है पहली चीज दूसरा प्रयोग आज हम बताना चाह रहे हैं कि कोशिश कीजिएगा कोशिश की आज आप लोग जो है नमक का सेवन बिल्कुल भी ना करें जो भी मीन राशि के जातक हैं तीसरी तीसरा प्रयोग बताने जा रहे हैं आज अपने घर के दक्षिण दिशा की ओर छत पर जाइएगा और एक दीपक जला करके रख दीजिएगा ये प्रयोग करिए देखिएगा कि आपको कितने अच्छे जो है रिजल्ट मिलेंगे कितने अच्छे लाभ मिलेंगे शुभ कलर की आपके बात कर लेते हैं येलो कलर है शुभ अंक की बात कर लेते हैं तो अंक एक आपका शुभ अंक रहेगा चलिए अंतिम एक फोन कॉल ले लेते हैं Hello? हाँ जी नमस्कार जी नमस्कार हाँ, जी छत उन्नीस सौ तिरासी छाइन थ्री टाइम बताइए में इक्कीस पच्चीस इंजीनियर हैं क्या भाई साहब आप सर वो वगैरह का काम करते हैं मतलब लोहे से जुड़ा हुआ कुछ कर रहे हैं हो हो गया हाँ, लोहा हो गया। लोहा जी खाली क्या कर रहे थे आप? वो लेवर का काम था उसमें मतलब का तो आपका मेरा नाम बिट्टू है ठीक रहेगा कुछ साल में नहीं आ रहा मतलब जो भी काम करते है फिर बंद हो जा रहा है इस तरीके से हो रहा है काफी एक काम करो आप नीलम पहन लो आप कहा से कहा पहुंच जाओगे आपको खुद नहीं पता चलेगा कोई नहीं नहीं नहीं आएगा। एक कहीं से पहन लो आप ये जिम स्टोन शनिवार के दिन अगले पहन लेना आप नीली बहुत ज्यादा नीली बहुत ज्यादा आएगा हजार दो हजार तीन हजार जो भी आए नीलम थोड़ा सा कॉस्टली आएगा तो नीली आप पहले पहन लीजिए और श्योर है इसमें आप मतलब देखिए इंजीनियर जरूरी नहीं कि कोई बीटेक या एमटेक करके गया हो वही इंजीनियर हो इंजीनियर मतलब कि जी, जी। तो, मतलब का रहे बिल्कुल रहेगा बिल्कुल ठीक रहेगा अभी आपका समय राहू की दशा चल रही है अच्छा नहीं है नो डाउट बहुत गंदा समय है लेकिन आने वाला समय जो हम देख पा रहे हैं ठीक अब से आप ये मान के चलिए कि 21 तक तो बहुत गंदा समय 21 के बाद का जो समय रहेगा ना भाई साहब बहुत अच्छा समय रहेगा जीवन में नीलम मत उतारना बाकी सब कर देना जो मर्जी हो करना ये नीलम जो है ना ये नीलम आपको कहा से कहा पहुंचाएगा आपको खुद नहीं पता तो मतलब सात कैरेट का पहन लीजिएगा सात कैरेट का ठीक थी? है जी थी? तो चलिए दर्शकों अब तमाम लोगों ने कमेंट किया है कि आप पैसा लेते हो फाना करते हो धमाका करते हो एक क्या नाम है देखिये इनका गुरु जी तो भाई साहब पैसा किसको जो है काटता है ये बताइए शायद क्या नाम था तभी नहीं जवाब दे रहे हो मोहित नागपाल मोहित नागपाल लिखते हैं कि बता भी रहे हो कुछ मैं गरीब हूँ इसलिए पैसे नहीं दे सकता हूँ हम आपको देखिए आप गरीब हो हमने कहा जो है हम जो है आदमी कोई गरीब नहीं होता दिल के सब राजा होने चाहिए बस आप रात को 10 से 11 के मध्य फोन करिए भाई हम सबका एक क्वेश्चन लेते हैं आप दो तीन क्वेश्चन जो है पूछ लीजिए बता देंगे और हम ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं यूट्यूब पर तमाम और हैं आप एक बार जाइए जरा उनकी फीस पूछ लीजिए और सिर्फ दो या तीन मिनट या पाँच मिनट देते हैं उसके बाद दोबारा बात भी नहीं करते हैं तो ऐसा नहीं है जो है मोहित नागपाल जी हम जो है ये जो कार्य कर रहे हैं ये केवल इसीलिए कर रहे हैं कि जो वास्तव में आर्थिक रूप से अक्षम लोग हैं ये उन्हीं के लिए ये सेवा है और बाकी भाई साहब हमारा भी परिवार है और हमने भी ये बात बता दें 121 करोड़ की जनसंख्या है देश की हम अगर करोड़ों लोगों के साथ भला करेंगे ना तो अगलों के साथ जिनके नहीं होगा वो हमको गाली देंगे तो जीवन की यही रीत है हमने बहुत लोगों के साथ किया बहुत लोगों के साथ भला किया है और इसमें कोई सर्टिफिकेट की ज़रूरत भी नहीं किसी की जो लोग हैं वो लोग देख रहे हैं वो लोग जानते भी हैं बाकी आ, और जो है कोई वो नहीं है आप कल फ़ोन कर लीजिएगा आज नहीं मिला है तो और आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा आपके फ़ोन को हम प्राथमिक स्तर पर दे देंगे आपका नंबर देखेंगे उठा लेंगे ये हम कर सकते हैं और क्या करेंगे दर्शकों कैसा लगा प्रोग्राम बताइएगा मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में दीजिए इजाज़त और हाँ इलेक्शन जो है चल रहा है तो आप लोग मताधिकार का प्रयोग जरूर करें और 18 से 23 तारीख गुजरात आ रहे हैं अहमदाबाद आ रहे हैं सूरत अहमदाबाद रहेंगे दो जगह तो, तो इच्छुक दर्शक जो भी हैं आप लोग अपॉइंटमेंट ले लीजिएगा और फिर मिल सकते हैं आपने इस प्रोग्राम को देखा आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीजिए जायजा तब तक, तक के लिए नमस्कार